कटनी की निर्दली महापौर प्रीति सूरी ने इस बार राखी कुछ अलग ही अंदाज में मनाई महापौर ने सड़कों पर शहर के लोगों को राखी बांधी और उनसे वचन लिया कि उनके सभी भाई कटनी को नशे से दूर रखकर शहर के विकास में अपना योगदान देंगे पूरे देश में रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया गया ऐसे में कटनी से एक अलग ही तस्वीर सामने आई जहां नव निर्वाचित महापौर प्रीति सूरी ने सड़कों पर अपने भाइयों को राखी बांधी महापौर ने ऑटो संचालक के पास पहुंचकर उन्हें रक्षा सूत्र बांध रक्षाबंधन का त्योहार मनाया और उनसे एक वचन दिया की वो सभी लोग शहर विकास में उनका सहयोग करेंगे और नशा मुक्ति के लिए काम करेंगे मुख्य रेलवे स्टेशन के बाहर पहुंचकर ऑटो चालकों से मुलाकात कर नवनिर्वाचित महापौर प्रीति संजय सूरी ने उन्हें राखी बांधकर मिठाई खिलाई और आपसी भाईचारे सद्भावना और शांतियां मन का संदेश दिया